आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो इश्क था हो तू से बया के मैं हूँ हीरो तेरा तेरा मैं हूं